हाँ अब आपको दिखाते हैं यहाँ हमारे स्टूडेंट लाइव इनकम जो एक महीने में हुआ है यहाँ पे हैं पैन में लास्टिक लग रहा है आपको दिखा रहे हैं कि पैन में लास्टिक कैसे लग रहा है अभी देख सकते हैं प्लेट इतना तेज चलता है कि पता नहीं लगता है कि चलता है कि नहीं चलता है लेकिन चलता है पचास फीट बेट तक निकलता है कितना फास्ट हाँ तक निकाल दिया हेलो गाइज़ कैसे हैं आप सब आए होब अच्छे होंगे तो गाइज़ मैं अभी छत के ऊपर खड़ा हूँ बहुत बो, बहुत धूप का आनंद ले रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगता है अभी मैं इस छत के ऊपर खड़ा हूँ जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि हम किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत ही धमाकेदार काम हो रहा है अभी बंदे घर जा चूँकि आपको दिखा रहे काम कैसा हो रहा है हमारा सिलाई का काम कर आपको बता दे रहे हैं चलो आपको चलते हैं इसी में। बहुत हमारा एक का काम कर रहा है ये है नूर भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी यह है चलो सब हमारा बहुत काम हो रहा है ये पैन बन रहा है बहुत काम हो रहा है यहाँ पे अभी छः मशीनें हैं और बंदे सब घर जा चुके हैं। ये देखो रुझान में अभी काम कर रहे हैं प्लास्टिक लगा रहे हैं अभी आपको दिखा दिए कि लास्टिक कैसा लगता है सारे पैंट बन चुका है अभी यहाँ पे फैक्ट्री तो बहुत बड़ा ही है यहाँ पे काम हो रहा है अभी छह ही बंदे हैं आपको बता दिए पहले तो अभी पैंट में लास्टिक लग रहा है कुल दिखा रहे हैं पैंट में लास्टिक कैसे लग रहा है, है। ये लास्टिक ले लिया अंदर डालेगा तो ये देखो आप ऐसे लास्टिक तो देख सकते हैं ये है पैंट, जिसका पैंट ये लेडीज़ का है छोटे बच्चे का पैंट बहुत अच्छा है वॉशिंग के बाद और भी अच्छा लगेगा ये तो वो बिना वॉशिंग है कि वॉशिंग नहीं हुआ है ये पीछे पॉकेट यहाँ पे फ्रंट पॉकेट दो और यहाँ पे साइज लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छा पेंट है यहाँ पर बहुत ही शानदार काम हो चुका है हो है अभी हो तो चुका नहीं ये चिलवा काम कर रहा है ये जो वो काम कर रहा है बहुत अच्छा अभी अब रेजर में लाइटी लगा भी रहा है टाइम डेटा पीस इसके पास लगभग सौ पीस है बहुत अच्छा ये हमारा मशीन है ये आपको नीचे का नाला दिखाएंगे कितना कटिंग हो रहा है महंगा चीज है जब देख सकते हो तो बलेट इतना तेज चलता है कि पता नहीं लगता है कि चलता है कि, चलता है कि नहीं चलता है लेकिन चलता है और यहाँ पे पैकिंग हो रहा है यहाँ पे सारा ये निशान लगा हुआ है जी सत्य निशान यहाँ पे कितना पीस कटेगा छः सौ पीस का लाट है ये हमारा नूर भाई ये रिजवान भाई अभी आ गया है नीचे तो तो जी हमारा बहुत खतरनाक माल करता है बहुत हमारे इनकम जो एक मेले में हुआ है यहाँ पे है पचास हजार एक मेले में हमारा हुआ है तो आपको दिखा देते हैं वही है जो भी है हमेशा नहीं है मतलब पचास हज़ार भी है यहाँ पर तो आप सबसे की रिक्वेस्ट है मैं तो सब सिर्फ जीता हूँ तो आप यही कुछ है कि प्लीज अपना काम हम छोड़ दी जैसे वीडियो ना बनाएँ अपना काम भी करें और वीडियो भी बनाएं पार्ट टाइम में क्योंकि खोता नहीं है कि हर किसी को तो वायरल कर दें हर किसी से खोजें मैं जो एक फ्लॉग बना था पार्ट टाइम पे करता हूँ और रोज़ रोज़ काम करता हूँ मैं रोज काम में करता था तो यही आपको बताना था कि आप पार्ट टाइम पर काम करें यूट्यूब पे अपना काम धाम छोड़कर नहीं करना चाहिए कोई भरोसा नहीं यूट्यूब आपको सक्सेस कर सकता है अभी या नहीं कर भी कर भी सकता है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है जब प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो में प्यारा साइक अपना आपको कॉमेंट कि हम आपको रिप्लाई दें तो आज के लिए इतना ही